साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैग के में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं MS Word के अंदर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को पी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों या फिर उसको कैसे हम पी में सेव कर सकते हैं दोस्तों आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो ठीक है दोस्तों तो आप उसको पी में कैसे सेव कर सकते हैं एम एस का कोई भी एक्सपाइजर डॉक्यूमेंट हो ठीक है दोस्तों तो दोस्तों उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट यहाँ से ले लेते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं काका कैफिट टू है यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट लेता हूँ अपना तो ये आप ठीक तरीके से देख सकते हैं ये हमारा एम एस का डॉक्यूमेंट है ठीक है दोस्तों और ये मैं आपको प्रॉपर्टी की दिखा देता हूँ यहाँ से ये यह देख सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट वाइट डॉक्यूमेंट DOCX, ठीक है दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं डॉक्स मतलब एडवांस uh, वर्जन है एम एस का ठीक है दोस्तों इसको हम पी में, में सेव करेंगे तो इसको कैसे करना है दोस्तों हमें अपना डॉक्यूमेंट खोलना है ठीक है डॉक्यूमेंट खोलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है ऊपर की साइड जाना है जो आपको एक ऑप्शन से हो रहा है फाइल का आपको यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप के आपको ऑप्शन होंगे आपको सिंपली क्या करना है यहाँ से आप जाएंगे सेव एंड सेंड ये वाला जो ऑप्शन है सेव एंड सेंड आपको यहाँ पर, हो पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का आपके पास इंटरफेस होगा आपको सिंपली क्या करना है फाइल टाइप वाले ऑप्शन में जाना है और दूसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट पीडीएफ एंड एक्सपीएस डॉक्यूमेंट ठीक है दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों साइड में आ जाना है आपको और यहाँ से आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है क्रिएट पी एंड एक्सपीएस फाइल ठीक है दोस्तों आपको यहाँ पर सिम्पली क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप की पॉपअप विंडो आपको शो होगी आपको यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का नाम ले लेना है जैसे मैं काका कैफ़े थ्री कर देता हूँ क्योंकि दोस्तों डेस्कटॉप पर मेरे सेव था टू के नाम से यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ आपको ठीक है दोस्तों काका कैफे थ्री और यहाँ सेव से एस टाइप पी है ठीक है दोस्तों पी या फिर एक्स डॉक्यूमेंट में सेव हो गए ठीक है आपको सिंपली क्या करना है जो पब्लिश वाला आपको ऑप्शन हो रहा है यहाँ से आपको पब्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों इस वाले डॉक्यूमेंट को आपको काट देना है ठीक है दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों काका कैफ़े टू मै ये हमारी वर्ड की फाइल थी और जो काका कैफे थ्री है ये हमारी पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है दोस्तों यहाँ से आप लोगों भी देख सकते हैं इसका ये फर्ड का लोगो है और ये जो लोगो है इस पर ये पीडीएफ का लोगो है दोस्तों दोस्तों इसको अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ से मैंने इसको ओपन किया थोड़ा सा वेट कीजिए और दोस्तों आप देख सकते हैं पी डी में हमारा खुल के आ चुका है फाइव पर ओपन किया हुआ, हुआ है क्योंकि मैंने फाइव को ही सिलेक्ट कर रखा है पी फाइल ओपन करने के लिए दोस्तों तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी किसी भी डॉकूमेंट फाइल को वर्ड के जो वर्ड की फाइल है डॉकूमेंट फाइल आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से दोस्तों तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चलिए दोस्तों मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय टेक केयर